ना अर्ज किया है ना फर्ज किया है अजी ना अर्ज किया है ना फर्ज किया है पहले जिसने हमको रिजेक्ट किया बाद में उसी ने हमें गूगल पे सर्च किया लोगों से रिश्ता था हमारा हमारा यूं ही बुरे लोगों में नाम नहीं आया अजी बड़े अच्छे लोगों से रिश्ता था हमारा हमारा यूं ही बुरे लोगों में नाम नहीं आया सब नाम के अच्छे थे सलाह कोई वक्त पे काम नहीं आज इंसान को हमारे नियमों के अनुसार दिमाग से नहीं जिंदगी से निकाला जाता है क्या दगाबाज इंसानों को हमारे नियमों के अनुसार दिमाग से नहीं जिंदगी से निकाला जाता है और अपनी औकात हमें बत दोस कुत्ता कितना ही मांगो भोंगने के लिए पाला जाता है धन्यवाद जल्दबाजी ना करें पकवान कच्चा पक्का सेक दिया जाएगा जी आप ना मचाए जना पकवान कच्चा पक्का सेक दिया जाएगा और तुम चाहते हो हम तुम्हारे सामने घुटने टेके चुपचाप निकल लो वरना कनपट्टी से टेक दिया जाएगा